मित्रों आज मैं आपको एक दुनिया की विलक्षण शिक्षा पे किताब के बारे में बताऊंगा। इस किताब का नाम है तो तोतो तोतोचान दुनिया की शिक्षा में सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है 1980 में जब जापान में ये पहली बार छपी तो एक वर्ष में इसकी 45 लाख प्रतियां बिकी उसने एक तरह का रिकॉर्ड कायम किया जापान एक बहुत छोटा सा मुल्क है उसकी कुल आबादी कोई 16 करोड़ की है आज केवल जापान में तो चांद की 80 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं यानी हर बीस में जापानी ने ना केवल तो पढ़ी है पर उसकी एक प्रति खरीदी है 1990 में तो चांद को हमारी नेशनल बुक ट्रस्ट ने 11 भारतीय भाषाओं में छापा और इस पुस्तक की लोकप्रियता का एक द्योतक यह है कि मराठी में अभी इसका 27वां संस्करण छपा है हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद पूर्वा पूर्वायाज्ञिक कुशवाहा जी ने करा जो बेहद ही सरस और पटनीय अनुवाद है जब उन्होंने इसका अनुवाद करा था तो उनकी बच्ची सुकृति केवल चार बरस की थी वो रोज आठ दस पन्ने अनुवाद करती थी और अपनी बच्ची को सुनाती थी और तीन महीने किस सपने में गुजरे इसका उनको भी कोई अंदाज नहीं तो, तो चांद की लोकप्रियता का एक और द्योतक यह है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र टेक्स्टबुक बुक है बाल भारती जो स्कूलों के लिए किताबें रचता है वहाँ पर छठी की जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है जो करिकुलम की किताब है उसके अंदर एक पाठ है तो, तो के ऊपर तो उसकी लोकप्रियता का ये एक द्योतक है तो, तो नाम कैसे पढ़ा तो, तो, तो दरअसल एक छोटी सी लड़की का नाम है लेखिका का नाम है तेजस्वी का नाम है बचपन में उनको के नाम से बुलाया जाता था और जापान में इस तरह की परंपरा है कि हर बच्ची के नाम के पीछे सान या चांद लगा देते हैं इसीलिए इस किताब का नाम बच्ची के नाम और सान तो चांद इसका नाम पड़ा अब यह कहानी एक बेहद रोचक स्कूल की है उस स्कूल के प्रिंसिपल थे कोबायाशी जो एक तरह से विजनरी थे एक एक तरह के दार्शनिक थे जिनका सपना एक एक बेहद बाल केंद्रित स्कूल चलाना था तो उन्होंने रेल के नौ डब्बे खरीदे पुराने रेल के नौ डब्बे और उनके पहिए निकाल दिए तो ये रेल के डब्बों का स्कूल था इसमें से एक डब्बा प्रिंसिपल का दफ्तर था एक विज्ञान की प्रयोगशाला थी एक पुस्तकालय था और बाकी बच्चों के कक्षाएँ थीं उनके क्लासरूम थे अब कहानी इस तरह से शुरू होती है कि नंदी तोतो बचपन में बहुत ही जिज्ञासु बहुत ही चंचल होती है जैसे सभी बच्चे होते हैं उसकी माँ उसका एक सामान स्कूल में दाखिला कराती है और नंदी तोतो इतनी चंचल है कि स्कूल उसको बहुत उबाऊ लगता है पर सबसे अच्छा स्थान कक्षा के अंदर स्कूल की खिड़की है क्योंकि स्कूल की खिड़की के पास में सड़क है और जहाँ पे तमाम रोक गतिविधियां होती हैं। तो दिन भर तो स्कूल अपनी कक्षा की खिड़की के पास खड़ी रहती है तो इस किताब का एक उपशीर्षक है द गर्ल एट दिडो द लिटिल गर्ल या खिड़की के पास खड़ी लड़की दूसरा तो एक विलक्षण खोज करती है कि उसकी जो डेस्क है उसमें कब्जा लगाए उसका ढक्कन खुल सकता है और बंद होता है खुल सकता है और बंद होता है अब इस खोज के बाद तो बस तो, तो बार बार उसका ढक्कन खोलती है पहले रबर रखती है और धम से ढक्कन बंद करती है फिर खोलती है फिर पेंसिल रखती है फिर डेस्क का ढक्कन बंद करती है और ये वो दिन भर करती रहती है इससे उसकी क्लास की जो टीचर है वो एकदम खींच जाती हैं वो कहती है बड़ी हाइपर एक्टिव लड़की है और उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है अब छोटी सी चार वर्ष की बच्ची को स्कूल से निकाला जाना क्योंकि वो बहुत चंचल है पर तो, तो की माँ बहुत ही संवेदनशील होती हैं। वो अपनी बच्ची को ये कभी नहीं बताती कि बेटा तुमको स्कूल से निष्कासित किया गया है स्कूल से एक्सपेल किया गया है वो बस तो, तो चाँद से ये कहती हैं कि बेटा मुझे एक और बढ़िया स्कूल के बारे में मालूम है मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी तुम्हारा मन वहाँ बहुत लगेगा वैसे दिल में माँ बहुत घबराई हुई हुई हैं वो नन्नी तो का हाथ पकड़ करके एक नए स्कूल में लेके जाती हैं और इसकी स्कूल का नाम है तोमो स्कूल में दो बड़े पेड़ लगे हैं और पेड़ के ऊपर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है तोमो और यही वो कोबायाशी का रेल का स्कूल है अब तो चाँद दूर से देखती है कि नौ रेल के डब्बे और वो एकदम गदगद हो जाती है माँ उसकी उंगली पकड़ करके प्रिंसिपल के दरवाजे के पास जाकर के उसको उस पे दस्तक करती हैं जैसे ही वो अंदर घुसती हैं कोबयाशी माँ की चेहरे की घबराहट को पहचान जाते हैं और वो कहती हैं कि आप जाइए अपनी बच्ची को यहीं छोड़ जाइए अब जैसे ही तो चांद कोबयाशी से मिलती है तो सबसे पहले तपाक से एक सवाल ये पूछती है ये बताइए कि आप, आप स्कूल मास्टर हैं कि स्टेशन मास्टर है उसके बाद में तीन घंटे तक तो, तो अपनी राम कहानी कोबायाशी को सुनाती रहती है उसने क्या शरारतें करी हैं क्या खेल खेलती है क्या खाना खाती है तीन घंटे तक बड़ पड़ बड़ बड़ बड़ करने के बाद में वो छोटी बच्ची तो, तो चांद एकदम थककर पस्त हो जाती है कोबायाशी यही कहते हैं कि बेटा अब आप स्कूल की छात्रा हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं और उसके बाद में उनको वो आंगन में ले जाते हैं जा, जा बच्चे अपना डब्बा खोल करके खाना खा रहे हैं और रहेशी बच्चों से केवल एक सवाल पूछते हैं कि आपके खाने में कुछ समुद्र का है कि आपके खाने में कुछ पहाड़ों का है हैव यू गॉट समथिंग फ्रॉम दी है जिसका मतलब था कि आपके पास में समुद्र की कोई मछली है जो प्रोटीन युक्त हो आपके पास में कोई पहाड़ों पे उगने वाले फल हैं जो जिनमें बहुत सारे विटामिन हो, अब तो को यह बहुत अच्छा लगता है ये एक गजब की कहानी है दुनिया दो खेमों में बटी है जिन लोगों ने तो पढ़ी है और जिन लोगों ने तो नहीं पढ़ी है इस ये कि शिक्षा के ऊपर एक कोई थियोरिटिकल किताब नहीं है पर एक जीवान्त अनुभव है और कि किस तरह से हम अपने कक्षा को स्कूल को बच्चों के लिए रोचक बना सकते हैं बाल केंद्रित बना सकते हैं कोबयाशी का ये विचार था कि सामान्य जो बी एम.एड वाले शिक्षक होते हैं ये असल में बच्चों के लिए बहुत अच्छे नहीं होते तो अक्सर वो कुछ किसी अनुभवी व्यक्ति को एक बार वो एक साइकिल मकैनिक को स्कूल में ले आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए क्योंकि वो अपने हाथ से बहुत कुशल होता है बहुत दक्ष होता है तो बच्चों को बहुत आनंद आता है इसी तरह से एक बार कुशी एक किसान को बुला लाते हैं बच्चों को बागवानी सिखाने के लिए अब इस किसान का बरसों का अनुभव है खेती करने का तो वो बच्चों को बहुत अच्छे तरह से सिखाता है तो एक विलक्षण स्कूल की कहानी है तो, तो आपसे मेरी अपील है कि इस पुस्तक को ज़रूर ज़रूर पढ़ें आपको ये ऑनलाइन किताब आसानी से उपलब्ध हो जाएगी पढ़ने के लिए धन्यवाद